to shape karne ke liye pyaas ki zarurat nahi grew up in a place where they told you what to chase told you how to run the race every move was on the page but i didn't like their way had to fight and misbehave and to find a way to change had to leave to find my way got up in a daydream i be in my mind up there almost daily it's how i pass time no opinions safely it's how i understand what i want in this space because everybody wanna tell you bad things what's gonna go wrong what fame brings but success is a finicky thing and if you ain't sure no it'll never be bol mat se baat nahi karne wala main jaanti hu tumne mujhe dhoka kyu diya वो तो बस एक छोटा मोटा चक्कर था उसके कारण तुम्हें ये सगाई नहीं तो चाहिए। पिछले पांच सालों से मैं को जानती हूँ तो नहीं नहीं नहीं मैं ही थी जिसने सब कुछ खत्म करने का फैसला किया था ये तो सिर्फ एक है के लिए। मुझे कैसी लड़की की तलाश है जो मुझसे मिलते ही शादी कर ले। मेल 27 इयर्स। एज है 27 इयर्स। इसे क्या लगता है शादी क्या होती है शादी तो तब होनी चाहिए जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हो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 आ, बस ऐसा ही एक में भी है। कुछ सा और बहुत अच्छा अब चलिए किस करिए एक दूसरे को अच्छे से किस करना ऐसे नहीं चलेगा चलिए और और करिए ये, ये अभी शर्मा ना क्या शादी कर लिए मैंने मैंने तो सच में किस कर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 माल की बात है ना तो सोचा नहीं था एक ही कंपनी में होंगे हमने कभी एक दूसरे से पूछा तक नहीं हम कहा काम करते हैं तो तो आजकल मैरिज में भी पता चल जाता है सही कहा तो। वही <laughs> क्या तो को जानती हो अब मुझे काम के लिए थोड़ी मदद चाहिए थी इनसे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में ओके, अब हम बाद में मिलेंगे जरूर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 पसंद करने लगे मैं सच में चाहती हूँ कि ये मेरी तरफ पहला कदम उठाए तुम इस नाइट सूट में कितनी क्यूट लग रही हो क्या मैं सच में अच्छी लग रही हूँ हमारे पास बीयर भी, भी है। मेरा मतलब तुम। हर चीज़ का कितना ख्याल हो नहीं? <laughs> <laughs> पर इसके लिए मुझे जाल होगा। और ये है मेरी जाल। दादा क्या तुम मेरे साथ एक ड्रिंक मैच करने की जरूरत नहीं है आ, शायद मैंने उसका मूड खराब कर दिया आफ्टर ऑल तुम्हारा पति मैं हूं इसलिए खुद पर जोर डालने की जरूरत नहीं है, है तो तो स्वीट, स्वीट। अब अगला था। तुम्हें भी लग है। तुम्हारे शॉर्ट कुछ ज्यादा ही छोटे हैं इसलिए लग रही होगी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 देखोगी तो कैसे चलेगा बोलो मैं साल होता चलो सो जाते हैं जो तुम बोल रही थी फिर से बोलना नहीं नहीं नहीं कुछ नहीं कहा hmm? एक सेकेंड रुको तो क्या मयूरा मुझे टॉर्चर कर रहा है गुड मॉर्निंग एक जैसे कल रात कुछ हुआ ही ना हो मुझे बड़ा अकेला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 मैंने देख लिया ऐसी <artifacts> हरकतें तुम पहली बार कर रहे हो क्या बातें कर रहे हो मैं समझा नहीं ऑफिस के टाइम में तुम्हारी हरकतें हाँ तो किसी को पता चला तो गड़बड़ हो सकती है तुम्हारी सलाहों के लिए थैंक यू सो मच तो तो किसी भी तरह मां ही नहीं रहा है हम एक दुनिया बना सकते हैं जाना चाहिए